रामदेव रहे हैं तो मतलब आया करौली जिला तो कुछ स्टोरी बताता हूँ की ये करौली जिले से आए और रामदेव रा रहे है और रामदेव रामदेव छह 600 किलोमीटर पड़ता है करौली जिले से और ये इनके हस्बैंड है वो पति देवता है वो पीछे आ रहे है और वो दंडोत करते करते आ रहे है मीन्स कंक्रीट पत्थर कुछ भी हो वहीं पे डंडोद करते आएंगे पैदल नहीं चलेंगे वहां पे भी डंडोत करते करते ही चलेंगे मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। तो रामदेव रहे हाँ कितने दिन हो गए आपको निकले वारे? दो महीने और बीस दिन हो गए दो महीने और बीस दिन, दिन और खाना वाना क्या खाते हैं आगे ये इसमें जाएंगे मिल जाएगा तो भी सपोर्ट है तो मतलब कहीं जाते गाँव गाँव में कोई आता है आपके साथ में सब नहीं कोई नहीं आता तो क्या करेगा आके कोई डर थोड़ी तो, तो भी नाइट नहीं कहाँ करते हो है? रात कहाँ रुकते रात इस काम रुक जाएंगे गाँव आ और दूर पड़ता है तो फिर वापिस आ जाते हैं इसी गाँव में जय बाकी आपकी इच्छा मनोकामना भगवान पूरी कर तो सब खर्चा पानी सब साधन हो गए हाँ आगे ऐसे आगे कोई दुकान वाले कुछ सब उतना नहीं खाना सब तो अभी पिए चाय नहीं सब तो दुकान वाला पीना दुकान कोई समझ तो नहीं खाने तो है खाने पीने ऐसे पैसा मिलता है तभी कितने किलोमीटर होगा रामदेवरा अभी तो नो समझो डेढ़ बजे में पहुँचेंगे डेढ़ महीने हमारा तो यही पाँच छः पाँच छः कभी चार कभी पाँच कभी छः दस अब इस तो तो तो तो गांव से आए कितने गाँव से और किधर कंक्रीट वगैरह रहता हैं तो उधर चलना पड़ता है घर आरोप चलना पड़ता है सब कुछ चलना पड़ता है पूरा मार्ग एक जगह अब आ रहे हैं इसको छोटे रस्ते में आ तो आ गया वो तो जगह सपोर्ट होते कितना महीना क्या भ्रमण यार दो महीने तो चलिए इस मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि अगर कोई भी रामदेव राय या फिर कोई भी तीर्थ स्थल पर जा रहा हो तो उनको प्लीज़ कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए अपन ने अपन से अगर नहीं जाया जाते कि अपन उधर मंदिर में नहीं जा सकते तो बीच में फिर कोई भी मन्नत मांगते हुए कोई जाता है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें ऐसा नहीं कि उनको कुछ आपसे नहीं हो तो भी उनकी हेल्प करे आपसे आपकी जो इच्छाएँ आप वो हेल्प कीजिए अगर बहुत धूप है तो उनके लिए थोड़ी छावों की व्यवस्था कीजिए खाने की व्यवस्था कीजिए अच्छे मीन्स रात को ठहरने की व्यवस्था कीजिए वो सब आप व्यवस्था कीजिए उनको प्लीज़ अगर किसी की भी गाँव में अभी बहुत रामदेव और लोग जा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनकी प्लीज़ ज़रूर हेल्प कीजिए और बहुत लोग हेल्प करते हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप रामदेव नहीं जा भी पुण्य का, का काम कर सकते हो जय बाबा जी